गुण गुण को क्या है आज हम जानेंगे दोनों में से कौन सा करेक्टर पावरफुल है तो चलो इसी का कर टेस्ट करते मैं एच पी जा करता हूँ तो ये कूदा दिया पहले वाले को तो गया दस यानी कि दस एच पी बच गया नब्बे एच पी कम हो गया ये दूसरा करेक्टर से में कुदा दिया तो इसका कितना कम होता है ये भी ये देखो इसका भी नब्बे गया और दस बच गया तो दोनों कैरेक्टर से मतलब